जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरी शान जिंदा है मेरा रवाब जिंदा है कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी अभी मेरा बाप जिंदा है